इतना प्यार करता हूँ मुझसे बहुत फिर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि क्या कुछ नहीं कोई दर्द हो कोई मीर हो ना को...